हेलो एवरीवन वन आर चैनल एच पी कॉम्पिटिशन एट द रेट ऑल वेलकम्स यू ऑल टुडे वी शैल कॉन्टिन्यू द टॉपिक माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर दिस टॉपिक वी शैल डिस्कस अबाउट द वेरियस पीक्स ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस द पॉलिटिकल मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के पोलिटिकल मैप को डिस्कस करते हुए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिमाचल कि जो बारह ज़िले हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहले बात करते हैं कि किन्नौर की नंबर दो पे है लाहौल स्पीति नंबर तीन पे कुल्लू नंबर चार पे चंबा नंबर पाँच पे कांगड़ा नंबर छः पे शिमला नंबर सात पे मंडी नंबर आठ पे सिरमौर नंबर नौ सोलन नंबर दस बिलासपुर नंबर ग्यारह ऊना नंबर बारह हमीरपुर यहाँ आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि किन्नौर है किन्नौर की जो बाउंड्री है वो लाहौल स्पीति कुल्लू और शिमला के साथ लगती है एक तरफ आपके पास जो है वो तिब्बत का पठार है लाहौल स्पिति की जो बाउंड्री है चंबा कांगड़ा कुल्लू और किन्नौर के, के साथ लगती हैं चंबा की जो बाउंड्री है कांगड़ा के साथ लाहौल स्पिति के साथ लगती है और जम्मू कश्मीर के साथ लगती है लाहौल स्पिति की जो बाउंड्री है वो लद्दाख का क्षेत्र है जो यूटी बना है उसके साथ लगती हुई बाउंड्री है यहाँ तक जो है और इसके आगे लाहौल स्पिति की जो बाउंड्री है वो तिब्बत के साथ लगती है इसी प्रकार आप ये देख सकते हैं कि आ, कांगड़ा है कांगड़ा की सबसे अधिक ज़िलों के साथ जो है वो बाउंड्री लगती है उन्ना के साथ लगती है हमीरपुर के साथ लगती है मंडी के साथ लगती है कुल्लू के साथ लगती है लाहौल स्पिति के साथ भी और चंबा के साथ लगती हुई और इसके साथ साथ जो तो पंजाब का क्षेत्र है इसके साथ भी जो है वो चंबा की बाउंड्री लगती है साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऊना हमीरपुर और बिलासपुर ये ऐसे क्षेत्र हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी छोटे जिले रहे हैं सोलन और सिरमौर की जो बाउंड्री है वो हरियाणा के साथ लगती हुई बाउंड्री है शिमला और किन्नौर और इसके साथ साथ जो आपका सिरमौर का क्षेत्र है इसकी बाउंड्री जो है वो उत्तराखंड उत्तराखंड लगती है ये जो महत्वपूर्ण बाउंड्री है ये मैंने आपको बताई लेकिन इससे इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि प्रत्येक जिले को जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा क्योंकि इसी ऑर्डर में जो प्रत्येक जिले की सर्वोच्च चोटियाँ हैं उनकी हाइट है वो इसी ऑर्डर में आएगी क्योंकि आपको कई बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इन जिलों में दी गई जो चोटियाँ हैं या निम्नलिखित चोटियों को हाइट के अनुसार देखिए तो आपको ये याद होना चाहिए तो नेक्स्ट जो हम इसमें अब महत्वपूर्ण आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक ये हैं कि प्रत्येक जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है सबसे पहले बात हम करते हैं किन्नौर की किन्नौर की सर्वोच्च चोटी शिला है जिसकी हाइट सात मीटर है और ये किन्नौर की ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है और जानसगढ़ रेंज में स्थित है दूसरी महत्वपूर्ण चोटी मानेरंग है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है लाहौल स्पीति मानेरंग सबसे उच्च चोटी है छह मीटर इसकी हाइट है कुल्लू की डीबी बोखरी है डीबी बोखरी की हाइट छः मीटर है ये नेक्स्ट चोटी है पीर पंजाल पीर पंजाल की जो है आपके पास पाँच हज़ार सात मीटर इसकी हाइट है पाँच मीटर पीर पंजाल की हाइट है और यह है चंबा की सर्वोच्च चोटी है अगली जो चोटी है वो हनुमान टिब्बा है कांगड़ा की सर्वोच्च चोटी है 5,800 मीटर इसकी हाइट है इसके साथ साथ जो चांसल छठे नंबर पर यहाँ पर आपको दिख रही हैं चार मीटर इसकी हाइट है और शिमला डिस्ट्रिक की ये सर्वोच्च चोटी है सातवीं नागरू नाग है जो कि मंडी के जिले में सर्वोच्च चोटी हैं और 4,400 मीटर इसकी हाइट है इसके पश्चात जो अगली महत्वपूर्ण चोटी हैं वो है चूड़धार सिरमौर की सर्वोच्च चोटी है तीन मीटर इसकी हाइट है माउंट कैरोल ये जो चोटी है ये सोलन की सर्वोच्च चोटी है दो मीटर इसकी हाइट है बहादुरपुर चोटी बिलासपुर जिले की सर्वोच्च चोटी हैं एक मीटर इसकी हाइट है भारवेंद जो कि ग्यारहवें नंबर पर हैं ऊना की सर वो चोटी है एक मीटर इसकी हाइट है और हमीरपुर जो सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी जो, जो चोटी है वो यहाँ पर आपको देख रही हैं अवा देवी और इसकी हाइट है 1100 हज़ार एक मीटर है। तो ये महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं क्रम करने हैं आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा जो है ट्रिक्स यहाँ अपनाने की कोशिश की है आप हो सकता है इसको अप्लीकेबल आपके लिए हो या ना हो लेकिन फिर भी आप इसको आजमा सकते हैं मैंने किन्नौर का के और शिला का शी लिया है लाहौल स्पीति का एल और मानेरंग का माने कुल्लू का के यू डी बकरी का डी चंबा का सी पीर पंजाल का पी पी कांगड़ा का के और हनुमान डिब्बा का हनू शिमला का एस एच आई और चांसल का चा मंडी का एम नागरू का नाग सिरमौर का एसआई आई और सर्वोच्चोटी चूड़धार का चूड़ सोलन का सो एसओ और माउंट कैरोल का माउंट बिलासपुर का बी और बहादुरपुर जो चोटी है उसका बहादुर उन्ना का यू और सर्वोच्चोटी भारवेन का भार हमीरपुर का एच सर्वोचोटी वहादेवी का वहा लिया है अब ये सब चीज़ें आपके समक्ष जो लिखी गई हैं इसको एक ट्रिक्स के रूप में याद रखने के लिए एक आप एकम बना सकते हैं जिससे जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है केशी, के शी एल माने के यू डी बी सी पी पी के हनू शी एम नाग एस यूचूर एसो माऊ बी वहा यू भार एच वहा अर्थात इससे आप बड़ी सरलता से याद रख सकते हैं लेकिन आपको और अधिक कंक्रीट जानकारी देने के लिए आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं ताकि आपको बड़ी सरलता से कर्मानुसार इसको याद रखा जा सके यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने दी गई हाइट को जो कि मीटर में दी हुई है इसको आपने फिट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा फार्मूला जो है आपने याद रखना है और वो फार्मूला क्या है फार्मूला है एक मीटर जिसको आप कहते हैं एक मीटर एक मीटर इजिकल टू तीन दशमलव दो आठ फिट इसको आपने याद रखना है और मीटर में दी गई हाइट जो है उसको आपने कन्वर्ट करना है इसको मल्टीप्लाई करके यानी अगर आपके पास हाइट जैसे शिला की हाइट है सात हज़ार छब्बीस मीटर है इसको अगर फिट में कन्वर्ट करना है तो थ्री पॉइंट टू एट मीटर से इसको मल्टीप्लाई करके तेईस हज़ार जो है वो हाइट निकलती है इसी तरह से माने की छः मीटर है और इसको फिट में कन्वर्ट करना है तो इक्कीस हज़ार आएगी इसी तरह से डीवी बोखरी की 6,400 मीटर है फिट में कन्वर्ट करना है तो बीस हज़ार नौ फिट आएगी पीर पंजाल की पाँच है इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 3.28 पॉइंट फिट से तो इसकी हाइट उन्नीस हज़ार फिट आती है हनुमान टिब्बा की है 5,860 मीटर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो उन्नीस हज़ार फुट आती है चांसल की पाँच 4520 मीटर है चांशल की हाइट इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो 14826 फुट जो है वो इसकी बनती है 4400 मीटर हाइट है नागरू की और इसको अगर आप फिट में कन्वर्ट करते हैं तो 14432 हज़ार फिट होती है इस तरह से चूड़धार की जो हाइट है वो तीन मीटर है थ्री मीटर से मल्टीप्लाई करके इसको ग्यारह हज़ार है इसकी हाइट बनती है माउंट कैरोल की 2280 मीटर है इसको अगर फिट में कन्वर्ट किया जाता है तो 7478 हज़ार फिट बनती है बहादुरपुर की है 1980 मीटर है इसको फुट में कन्वर्ट करके आपके पास हाइट आती है छः हज़ार इसी तरह से भारवेन की 1200 मीटर है इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो तीन मीटर इसकी हाइट आती है वादेवी की हाइट 1100 मीटर है इसको फुट में कन्वर्ट करके 3608 फुट जो है वो इसकी हाइट आती है लेकिन इसके साथ साथ इसको कैस प्रकार आपने क्रम वाइज याद रखना है ये एक बड़ी मुश्किल है तो आपकी जानकारी के लिए और आपकी सुविधा के लिए एक छोटा सा एक्रोनम मैंने इस इसमें बनाया है अगर आप चाहें तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं और दूसरी बात है कि आप इसको अधिक लंबे समय तक के एक, एक एक्रोनमीम की तरह याद रख सकते हैं जैसे क्रमानुसार अगर आपके पाँच चार चोटियां दी हैं उन चोटियों को आपने क्रम हाइट के अनुसार लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं उसको बहुत आसानी से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं जैसे शी माने डी पीर हनुचा नागरूचूड माँ बा अवाह शी माने डीबी पीर हनुचा नागरूचूड़ माँ बा अवाह अर्थात इसको आप इस तरीके से समझिए कि सबसे ऊंची जो चोटी है शी शीला शीला के पश्चात माने रंग है माने रंग के बाद डीबी है बोकरी है डीबी बोकरी के बाद पीर पंजाल है इसके बाद हनुमान डिब्बा है उसके बाद चाँचल है मंडी का नागरू है और सिमौर की चूड़धार इसके अतिरिक्त माउंट कैरोल सोलन की हैं बहादुरपुर बिलासपुर की हैं भारवेन जो हैं वो आपके पास ऊना की हैं और अभादेवी हमीरपुर की चोटी हैं इसको करमसर आप इस तरह से याद रख सकते हैं अगला जो वक्तव्य रहेगा वह है प्रदेश की प्रमुख पर्वत चोटियां तो। टू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करने के लिए दिए गए लिंक को आप क्लिक करें और हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए इसे फॉलो करें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक उत्साह से आपको अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी उपलब्ध करा सकें थैंक यू